चल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये बात सही है कि अगर वो ऑक्सीजन ना हटाते तो मेरे पति सौ परसेंट आ जाते घर क्योंकि दूसरे डॉक्टर ने यही कहा था कि आप अपने भगवान को याद करो आपके पति को कोई दिक्कत नहीं है आ, क्या हुआ था कब की घटना है ये कब ये पाँच तारीख की घटना है उन्हें दो दिन पहले बुखार आया था तो हम यहाँ पे एक दिन तो हमने गांव की दवाई खुलाई लेकिन उससे कोई आराम नहीं लगा तो हम था यहाँ लेके गए शामली तो ये किस हॉस्पिटल में भर्ती थी ये एल टू अस्पताल में थे शामली में एडमिट करने के बाद उन्होंने आधा घंटे ऑक्सीजन लगाया तो वो आधा घंटे में ही ख़त्म हो गया कि एक बात 50,000 रुपए हजार हैं हमारे यहाँ तो सिलेंडर एक एक लाख रुपए में बिक रहे हैं और तुम 50,000 रुपए रुपये दे देना मैंने कहा भैया मेरे पास पचास तो नहीं है मेरे पास दस है मैंने उन्हें दस हजार दे दिए दस हजार रुपए लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक सिलेंडर ठा वो चल दिए वहाँ से सिलेंडर ठाने के बाद जो मेरे मरीज़ का कमरा था वहाँ तक नहीं गए दूसरे मरीज़ के सामने जाके उस पे एक बुढ़िया सी थी उन पे लगा दिया मैंने उसे कहा मगर भैया तुमने पैसे मुझसे ले लिए सिलेंडर इन पे लगा दिया ऐसा क्यों कर रहे हो तो मैं तुरंत अपने मरीज़ के पास आई तो उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा तो कहने लगा कि कोई बात नहीं मैं इनको इंजेक्शन लगा देता हूँ उसने इंजेक्शन लगाए चार चार इंजेक्शन लगाने के बाद उनका शरीर काला पड़ने लग गया मैंने कहा तुरंत मैंने कहा भैया ये तुमने क्या करा इंजेक्शन लगाते ही शरीर काला क्यों पड़ने लगा कह रहा कि कोई बात नहीं सबसे पूछो सबके लगा रहे हैं जबकि उन्होंने सात डेड बॉडी में सामने निकाल ली थी तो फिर मुझसे कह रहे कि कोई बात नहीं मैं ऑक्सीजन ला रहा हूँ ऑक्सीजन लाने के बाहर फिर मैं बाहर को गई तो उसने क्या कहा कि सुन लो ऑक्सीजन सिलेंडर तो खत्म हो रहे हैं और आप ना ऐसे करो बारह बजे रात को गाड़ी आएगी तब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा तो इस बीच में मेरे पति की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी उनको खिंच खिच के सांस आ रहे थे मैं फिर भी सबसे रोती झिझकती फिर गई वहाँ तो सब ने कहा कि कोई बात नहीं और तुम ना इनको कहो कि सिलेंडर लगाएं तो उसने सिलेंडर नहीं लगाया इसलिए मेरे पति की तड़प तड़प के जान चली गई सरकार से कोई मदद मिली हो किसी तरह का मुआवजा या अभी तक तो कोई भी मुआवजा नहीं मिला और मुआवजा बिल्कुल भी नहीं दिया मुआवजे के बारे में बात भी कर रहे हैं सुरेश राणा जी से कभी तो बोलते हैं अगर जमीन होती तो जमीन के उस पर मिल जाता आपको लेकिन एक बात बताओ जब अगर हमारे पास जमीन होती तो हम सुरेश राणा से मदद क्यों लेते है? सरकार भी हमारी और क्या नाम मंत्री भी हमारा लेकिन दुर्गति हमारी सबसे ज्यादा तो आगे क्या अभी इस तरह का केस लड़ेंगे या कैसे करेंगे देखो भैया केस तो मैंने करा था बेल तो होने नहीं दूंगी बेल नहीं होनी चाहिए मैं तो मतलब मैं सरकार से भी यही चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले किसी का कोई दबाव भी आया है आपके ऊपर की भाई कर फोन तो आए कह रहे कि आप पहले तो कह रहे थे समझौता कर लो समझौता ना होने के बाद मैंने कहा सजा ही दिलाऊंगी अभी क्या फील है आपकी किस तरह की मदद आप चाहते हैं मैं ये चाहती हूँ जो मैंने अपना घर बनाया मेरी आर्थिक मदद हो जिससे कि मैं उनका कर्जा उतार पाऊँ और ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रही मैं पूरे समाज के लिए लड़ रही हूँ क्योंकि आज मैं मेरे साथ ये सब हुआ कल किसी और के साथ ना हो अस्पताल में कहा ले गए थे अस्पताल में बुढ़ाना ले गए थे जी अस्पताल नहीं था वो डॉक्टर की दुकान थी क्लिनिक था, क्लिनिक था। तो कब तक, कब तक उनका कितने दिन उनका इलाज चला जी पाँच छो गए तो क्या बताया डॉक्टर ने किस चीज की कमी रही इलाज में क्या दिक्कत थी एक सौ ऑक्सीजन नहीं मिला जी उनको ऑक्सीजन मिलता तो बच जाते ऑक्सीजन नहीं मिला मैन बात तो ये होगी एक उनके सर में थोड़ा नस में दिक्कत हो गई तो नस रुकी तो आपने कहीं से ऑक्सीजन भी लाने की कोशिश की थी ऑक्सीजन लाने की कोशिश तो करते सर लेकिन घूमे लेकिन कोई भी ये बोलता था कोई बीस हजार का देगा पच्चीस हजार का देगा अब इतने पैसे कहाँ से लाते है बताओ अब हमारा मकान तो घर का है नहीं अब जो गिरवी रखे यार पैसा ले आएंगे किराए पर पैसे पड़े तो ऑक्सीजन कहाँ से लाते है बताओ प्लीज है है है है जी है है जी एक तो बड़ा जो इंतजार का ना जी। वो भी बड़े के को कभी तो कोई बताया आपको बीमारी के बारे नहीं, में पहले कोई बीमारी नहीं थी पहले काम करता था अच्छा लील बेगता था वो हरियाणा में सोनीपत जागे इधर से बच्चे उसके यही रहते थे तो उसके परिवार की अब क्या स्थिति है उसके परिवार की स्थिति है जी पैसा कुछ नहीं है दो रहा अभी भूखे मरने के दिन आ रहे हैं अब कोई वैसे तो पैसा देगा नहीं अब लोगों के पास में नहीं पैसा है तो कहाँ से देगा अभी तो, तो मांग तांग के गुजारा चल रहा पर कब लोग चलेगा मांग तांग के गुजारा अब करने वाला तो कोई रहा नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं अब तो नहीं होगा जी अब तो भुक्के मरने के दिन आ गए जो भी पैसा लगा इनके पास जो चीज़ थी उसको गिरवी रख के मतलब जो भी मेन सामान था सबको गिरवी रख रक रख के जब उसके पास पैसा लगा उसके ऊपर अब वो चीज़ भी गिरवी पड़ी है कुछ नहीं है दोहरे पेट तो पालने हैं किसी भी ढाढ़ को कर करके मजदूरी ढूंढते आप चिनाई भी कोई नहीं लगवाता मजदूरी कहाँ से मिल जाएगी क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है तो मजदूरों का तो मन नहीं है इधर से देख लो उधर से देख लो